तो भाई लोगों फाइनली रिलीज हो चुका है अधिप्रोश का तो चलिए स्टार्ट करते जय श्री राम का नाम लेके और मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा भाई एक्साइटेड टीज़र के लिए देखना चाहता हूँ कैसी होने वाली है तो लेट्स कुमार ओ, ओ होती ओ... आकाश न्याय के हाथों हो कर रहेगा न्याय का सर्वनाश थोड़ा भी कमजोर है ओह जलवा। सहब अली खान कमाल आ रहा हूं मैं ओ आ रहा हूँ न्याय क्या शहरों तो से अन्याय के दस सर कुचल लेंगे आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने oh, wow. दिन दो हजार जी, प्रीति से नोट लेकर आया भाई भाई, कमाल है ओ हो हनुमान जी कमाल है ओह, ओह, ओह, ओह, ओह। एड्रेस बारह जनवरी भाई देखने जानी है जानिए तो. oh, यार मतलब राउंटे से खड़े हो गए बोला आप सबने देखा कला क्या मूवमेंट है हाँ थोड़ा बी कमजोर लग रहा है क्योंकि इसमें अभी थोड़ा मुझे लगता है काम होना बाकी है पर शायद बॉलीवुड ऐसा नहीं करेगा क्योंकि बजट थोड़ा कम रहता है और छोटी मोटी चीजें हैं बी में देखा बस सेलिंग है और जिस लेवल की हम चाहते थे कि रैमैन हमें दिखनी चाहिए ठीक है आदि के नाम से उस लेवल का हमें अब बॉलीवुड दिखा रहा है और फाइनली एक और मूवी आ रही जो कि करीब सात करोड़ की होगी जिसमें कि ऋतिक रोशन भी होने वाले हैं तो उस मूवी का भी जरूरी इंतजार रहेगा जो कि शायद अराउंड साल दो में रिलीज होने वाली है तो देखते क्या होता है और बाकी आपको यह टीजर कैसा लगा और कैसा लगा तो हमें जरूर बताइएगा